वर दिखाई दे रहा है और साथ में सा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इस प्रकार लड़की का नाम हो जाएगा वर प्लस सा बराबर वर्षा